रज़ रज़ के के रुलाया, साया मैंने दिल खोके इश्क कमाया मांगा जो ने एक सितारा हमने जमीन पे जान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 ते थे बिछड़ेंगे हम कभी वो जो कहते थे बिछड़ेंगे हम कभी अलविदा के गए देखते देखते रज के रुलाया के हसाया मैंने दिल खोके इश्क कमाया मांगा जो ने एक सितारा हमने जमीन पे मैं जितना तुम्हें देखूं मन ये ना भरे मैं जितना तुम्हें सोचूं मन ये ना भरे इन आँखों में झलकता है मेरा प्यार ते कु है मेरा प्यार तेरा प्यार मेरा प्यार तेरा प्यार मेरा प्यार तेरा प्यार मैं जितना तू तेरा नाम है पहचान ले सब कुछ मेरे लिए तेरे बाद है बातों की की। बात है बात मैं न कभी तुझे छोड़ के ये जान ले ओ करम खुदाया है तेरा प्यार झुपाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है ंग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं सर बारा ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा मैं तेरा हो जाऊं जो तु तो पर बे शारा थे बे मजार शामिल नहीं थी तुझ में वो सारे पे मजा थे वो जिंदगी है ना सका आज कहता हूँ पहली दफ़ा दिल में हो तुम आंखों में तुम पहली नजर से to uh -huh. yeah कुछ है क्या करूं? तेरे हाथों में है चाहे तो तुम कुल तोड़ दे हाँ बोल दे ओए जो आया मैं तेरी गली में तुम आओगी क्या मेरे बारे में बताओगी क्या ये सोच ले खेल गिल्ली डंडा गिल्ली गिल्ली डंडा गिल्ली डंडा आ आ ओ ये ये ये ये ये चलता है मुझे चलता है कि मैं तेरे पीछे पीछे आके घूमू फिर ना चुकाऊ या तुझसे मैं नजरें मिलाऊं पर पड़ता के नहीं बता के मेरा पीछे आना तुझे चलता है के नहीं मेरे दोस्तों का सताना तुझे चलता है के नहीं चलता है तुझको मेरा पास दूर जाना दूर जाना पड़ता है आ, मेरे घर के रास्ते में जो ते डर है उसे ले जाऊंगा दो कॉर्नर की टिकट ले आऊंगा तुझे शाहरुख की पिक्चर दिखाऊंगा चांदी चौक के खिला के तुझे उपज ऐसी बटर लगाऊंगा हाँ उप ऐसी बटर लगाऊंगा तू खेलेगी क्या खेलेगी क्या आ, आ, आ, आ। बोल खेलेगी क्या खेलेगी क्या खेलेगी क्या, क्या? गेलता, गेलता, गेलता, गेलता, गेलता, खेलेगी क्या तू मेरे साथ पार्क में अंकल और आंटी के सामने मैं जिप्सी पे तुझको बुलाऊंगा तब तू आएगी क्या तू आएगी क्या बता मैं एक घंटा घंटा तेरे सड़क के पे खड़ा के बिताऊंगा आएगी क्या बोल बोल आएगी क्या तू आएगी पूरी रात पूरा दिन अब मैं बिताना चाहूँ अब तुझे सारी दुनिया घुमाना चाहूँ बोल तू बता बता बता क्या चाहिए तुझको मैं तुझको लाके के दूंगा तुझको अपना एफ पी का पासवर्ड बता के दूंगा जो भी बोल जो भी बोल मुझे पता नहीं अभी मुझे शब्द भी आ रही नहीं है आ रही नहीं है जब पता चलेगा तो तुझको बताऊंगा कि मैं के मैं क्या क्या लेके आऊंगा तू बोल खेलेगी क्या बोल खेलेगी क्या बोल, खेलेगी क्या? बोल जन्न दिख जावे अखा चो भी तड़ रा दफा देखो तुम्हें के जोरों से ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से जितनी दफा देखो तुम्हें के जोरों से ऐसा तो कभी से मुझे मैं देखो तेरी फोटो सौ बार खुड़े मैं देखोरी फोटो सौ सो सोबार खुड़े इंट के तूफान सुने बच्चे सौ सोबार खुड़े कि तूफान सुने सोबार खुड़े तूने च आ ही जानिए जब तो तेरे हावे रा तुर तुरंव मुड़िया रन तूने जुड़ते मेरी फोटो भार देखो तेरी फोटो सौ साबार कुड़े उठते तूफान सुनेसा बारू के उठते तूफान सुने बच्चे भारू उतपुन च आ ही जानिए उसे पुन च आए जानिए बार कुे मैं देखो तेरी फोटो सवार सोबार के उठ दे तूफान सुने सोबार घड़े उठ दे तूफान सुने तो कुड़े ही जानी है। ही जानी है। कुड़े तू तू सपने दिल तो तेरे वाले रात तो मैं हम तुरान नीव री पन्ने जुड़ दे रहा तेरे नो नवा चलिए जिसदा तू तेरे, तेरे बजू मेरा कोई हो रान है अल मेरा कितनी है सफर बना के क्यों जान लिया रोज रोज नूला तेरे फैसला टूटे टूटे खाब दिस दै तू मैनू छू तेरे बजू और नाने का गम फिर सम देख न से रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले बहुत आई गई यादें, गई मगर सुबह ला सुबह <शगरी> पर झूठ क्यारा नहीं हो सकता चल दूर किथे मेरे नाल के तेरा हो मैं किसी नी कहू बिलहाल के तेरा हो जाऊ मैं किसी और कहूँ बिलहाल के तेरा हो ओ कुछ ऐसा कर कमाल तेरा हो ओ कुछ ऐसा कर कमाल तेरा हो जाऊ मैं किसी और कहा बिलहाल मैं किसी और कहा बिलहाल के तेरा हो जाऊ मैं किसी और कहा बिल हार के तेरा हो जा ए गलत गलत है जो भी कह रहा जानी पर भी देख तेरे बिन कि मर रिया जानी मर मरी ले गे लाल मर ले संभाल के तेरा हो जा मैं किसी और फिलहाल कि तेरा हो जाऊँ तो ना मैं जाने नहीं हो चकोर दा तू भी किसे होर दी मैं भी या किसे होर दा मेरा दिल किसी तेरी मोहब्बत दा की हाल के तेरा हो जाऊ मैं किसी और कहू के तेरा हो जाऊ जो तुम जाओगे जो तुम जाओगे तो मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पचताओगे बड़ा पचताओगे बड़ा पचताओगे बड़ा पचताओगे सुनिया सुनिए गलिया विच बिच रोलना दे बुहे रोल किसे और ली तू घोलना दे सुनिया सुनिया गलिया दे किसे होर और लीतु खोलना दे ओ शायर जानी जरू लगे बड़ा पचताे बड़ा पचताे ओगे बड़ा बच दाओगे वो मुझे छोड़ गई जो तुम जाओगे बड़ा बच दाओगे बड़ा बच दाओगे मुझसे जो नजर चुराने लगे हो लगता है कोई और गली जाने लगे लगे हो हो जो देखे हम दोनों ने मिलके धीरे-धीरे क्यों दफनाने लगे हो। करना तू हो बर्बाद दे रुद्या दलना सुदू प्यार ले लेना साग बड़ा पचताओगे बड़ा पछताओग वो मुझे छोड़ गई जो तुम जाओगे बड़ा पचताओगे बड़ा दिल कदरिया दिलकर ही गया इश्क बाद बन ही गया को मुझे तू सौ दे मेरी जरूरत तू बन गया बात दिल की तुझे की तिल लगे हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म तुझे की तिल लगे हम ने लगे हो रो जाएंगे हो तुझे की चाहने लगे हो तुझे की चाहने लगे अब मेरी छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से तेरे इश्क़ ईश्किल मेरा ही तो है कह दिया चाहने लगे हम तेरे साथ दे जाएंगे खत्म तुझे कितना चहने लगे हम तुझे कितना चहने लगे